इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे आपके नाम डेट ऑफ बर्थ आप ऑनलाइन चढ़ाते हैं तो क्यों ठीक नहीं हो पाता क्या उसमें कमी रह जाती है क्यों फ़ंड ऑफिस वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं जैसे हम जैसे हमारा एक साल की डेट ऑफ बर्थ है फ़ंड ऑफिस के अंदर गलत तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो आप उसको नॉर्मली जैसे तो, नॉर्मली आप उसमें एक साल की डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली आपकी ठीक हो सकती है उसके लिए किसी का मार्क सीट पासवर्ड वगैरह किसी का अंदर डॉक्यूमेंट की दर्द हो पाती है एक साल की डेट ऑफ बर्थ आप नॉर्मल ठीक कर सकते हो इसमें इससे इस भी ज़्यादा आपकी जैसे एक साल से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ गलता आप किस तरह से ठीक कर सकते हो पाँच से छः साल दस साल उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट हुई उसके लिए आपको तो मार्कशीट पासपोर्ट अदर जैसे गवर्नमेंट को भी जिसमें नाम डेट ऑफ बर्थ फादर ने मैंसन हो उस डॉक्यूमेंट को आप लगा सकते हो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी आपकी गवर्नमेंट आई है लेकिन जब भी हम जैसे अपनी मार्कशीट लगाते हैं मार्कशीट को तो हमने अपलोड कर दी साइट पे वो ठीक क्यों नहीं हो पाता इसमें देखने वाली सबसे फर्स्ट बात है कि जैसे कि आप मार्कशीट चढ़ाते हो मार्क तो उसमें फंड ऑफिस साइट में आप चढ़ाते उसमें जो मार्कशीट चढ़ाते हो पी बना कि क्लियरिंग मेंशन साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखा दिया जैसे कि ये भी एक पहली बात है उसके बाद जैसे कि आप आधार में नाम आधार में नाम और मार्कशीट में नाम दोनों में सेम होने चाहिए ऐसा किए नहीं कि आधार कार्ड में नाम अलग है और फिर मार्कशीट में आपका अलग है और उसमें भी डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए फादर के फादर नेम है जो दोनों में सेम होने चाहिए अगर आपके जैसे नाम डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है फादर नेम मैच नहीं करा तो फा फंड ऑफिस वाले आपको जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है नाम फादर नेम के लिए उसे रिजेक्ट कर देंगे ये अब देखने वाली बात होती है जैसे जैसे भी आपकी साइट से जो फंड ऑफिस साइट एंड जो भी वहाँ पर करते हैं तो इसलिए वो आपकी बार बार आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाते हो बार बार वो रिजेक्ट कर लेते हैं या तो उनको वो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं फिल्मी मैं दिखाई नहीं दे रहे हैं उनमें कमी लगती है या उस उन्हों में जैसे नाम कुछ अलग अलग मिसमैच हो जाता है इसलिए वो बार बार रिजेक्ट कर, करते हैं और वो फिज़िकली आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं इसीलिए जब भी आप फंड ऑफिस की साइट पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाओ मार्कशीट वगैरह का नाम डेट ऑफ़ बर्थ की कुछ भी सही करवानेंगे मार्कशीट हिसाब से ऑनलाइन आप आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ तो ज़्यादा ठीक होती है फादर नेम का ऑप्शन नहीं है वो आपको ऑफलाइन ठीक करवाना पड़ता है जब भी नाम डेट ऑफ़ बर्थ आप ठीक करवाने के लिए मार्कशीट वगैरह जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओ उसमें चेक कर लेगा कि आपके नाम उसमें ठीक है या नहीं है अगर अगर दोनों में मैच कर रहे हैं दोनों में मैच कर रहे हैं तभी आप डॉक्यूमेंट वो मार्कशीट लगाना नहीं तो नहीं लगाना से आपका जो रिक्वेस्ट लगा वो रिजेक्ट हो जाएगी ये तो होगी नॉर्मल बात अब आप आपको बताने हैं जैसे नाम जैसे पूरा पूरा नाम चेंज हो गया है डेट ऑफ बर्थ गलत है पूरी पाँच साल दस दस साल पच्चीस साल फादर नेम नहीं है नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल है याद मतलब कि पूरा का पूरा नाम चेंज है डेट ऑफ बर्थ दस पंद्रह बीस साल की डेट ऑफ बर्थ गलत है नाम पूरा पूरा नाम गलत है सिंह सबने कुछ भी जो बाकी का लगा नहीं रहता है उसके लिए आप ठीक करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की और जरूरत पड़ी पड़ती है कंपनी वाले आपको क्या लिख के देते हैं क्या कंपनी वाले का कंपनी वाले का तुम्हारे डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी वाले और क्या जॉन्ट डिकलेशन जो कडशन फार्म होता है ऑफ लाइन जो जमा करते हो उसके साथ क्या लगाना पड़ता है उसके डॉक्यूमेंट वो बताएंगे उसके साथ क्या क्या लगाया जाता है कंपनी वाले क्या लिख के देते हैं उसको इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई बनाई है उसको आप दे सकते हो में क्या क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटा की ज़रूरत पड़ती है अब क्या क्या डॉक्यूमेंट कम क्लोरलै आपका तो लिखता है इस प्रकार आप ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ नाम ठीक कर सकते हो और आपका ज़्यादा डिफरेंस है उसके लिए आप मैं अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा और भी जिसमें भी आप पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या, क्या जरूरत पड़ती है कंपनी के क्या क्या लिखाना पड़ता है क्या लेटर पैड लिखते हैं ई वगैरह जो भी और डॉक्यूमेंट अदर लगेंगे पूरा पूरा नाम चेंज में फादर नेम में डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा ज़्यादा जिसका गलत होता है पूरा का पूरा नाम गलत होता है उसके मैं आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना के दे दूँगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार आप आगे से कि नाम डेट ऑफ बर्थ ठीक ऑनलाइन जब भी डालो आपको तो ये सब चीज़ आप चेक कर लेना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद